दुनिया क्या बिगड़ी जिंदगी की खुद को बांसुरी तो हमें बाजा समझने लगे अजी तालमेल क्या डगमगाया जिंदगी का खुद को बांसुरी तो हमें बाजा समझने लगे हमने अपना ताज मरम्मत के लिए क्या भेजा कुछ भिखारी खुद को राजा समझने लगे